नमस्कार गुड मॉर्निंग जोहार एजुकेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पिछले दो कड़ियों में हमने बात की थी कि बच्चे क्या हैं और बाल विकास क्या है तो जैसा कि हमने अब तक जाना है कि बच्चे मन बुद्धि और युक्त एक चैतन्य बीज के समान हैं साथ साथ हमने यह भी जाना है कि बच्चों के समग्र विकास हेतु उनके शारीरिक विकास के साथ साथ उनके मानसिक बौद्धिक और संस्कारों के विकास पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है आज इस विषय वस्तु से संबंधित तीसरी कड़ी में हम बात करेंगे कि बाल विकास के तहत अभिवृद्धि और परिपक्वता का क्या महत्व है हाँ सबसे पहले हम जानेंगे कि अभिवृद्धि क्या है परिपक्वता क्या है और इनका बाल विकास में क्या महत्व है साथ ही साथ हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है तो चलिए शामिल होते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित एजुकेयर डिजी क्लास की इस तीसरी कड़ी में आइए तो सबसे पहले हम लोग बाल विकास को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं और उसके साथ साथ हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर परिपक्वता क्या है तथा बाल विकास में इसका क्या महत्व है तो बाल विकास तो परिभाषा क्या लिख सकते हैं? इतनी समझ बनने के बाद आप खुद इसकी परिभाषा बना सकते हैं चलिए हम इसका एक परिभाषा बनाते हैं और लिखने का ठीक है मेरे करना चाह रहा है कि बच्चों की शारीरिक तो पूरा ये ठीक है जितना बढ़ा देगा उतना नहीं बढ़ा रहा है लेकिन अगर मैं पेन खाता हूँ तो मेरा हाथ कपने परिपक्व पर होता पर तो तो है ठीक हो है ना सामाजिक क्षेत्र में आते है हमारे दोस्त तो है एक हजार फेसबुक में पांच हजार है हम उनका भी काम नहीं दे रहे हैं ना हम उनसे बात सही ढंग से कर रहे हैं बात भी हो रही है तो हो रही है एक दूसरे से हमेशा चल रहा है तो सामाजिक विकास परिपक्वता हर क्षेत्र में, में, में परिपक्वता का मतलब क्या है तो उसमें सकारात्मक और संतुलित ऐसा नहीं दोस्ती तो है संतुलित फिर वो वो वो तो कभी कभी जब भी भी ऐसा हम गुस्सा गुस्सा नहीं हंस तो हंस के के रहा है, वो तो वो समय समय में में आएगा भी बात बात चले, दिया। बोलता किया तो वो संतुलित पहले बच्चा था एक दे दे दे तो था एक चीज उसके हाथ से लगता जी हाँ। बच्चे क्या करते हैं तो है। है। है तो है। उसी उम्र है तो कि उसका क्या होगा नैतिकता संतुलित सकारात्मक परिवर्तन दूसरे के चीज भी कुछ छीन लेना चाह रहा था अब कम से कम वृद्धि और विकास भी क्या अंतर है और ये परिपक पता क्या है परिपक्वता क्या है की विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक एवं शरीर का ही विकास करते हैं सिर्फ हाथ बढ़ जाना या मेरा पैर तो पूरा बढ़ गया है हम छः फीट के जवान हैं लेकिन जब दौड़ते हैं सौ मीटर सौ मीटर लड़का जाते हैं तो मतलब मेरा वो परिपक्ता मेरे पैरों में परिपक्ता नहीं है ठीक है ना तो ये हो। इसको लिख लिया अब हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई कहता है कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है विकास को समझ गए बाल विकास क्या है शारीरिक वृद्धि क्या है अब कोई कहे कि इसको हमें बताइए कि इसमें दोनों में अंतर क्या है विकास पॉइंट वाइज बताइए। इसको हम लोग पाँच सात पॉइंट में हैं। अब एक एक पॉइंट पर थोड़ी हम भी कर लेंगे तो और ज्यादा हो जाएंगे बाल विकास क्या विकास को भी समझा और वृद्धि किससे संबंधित है किस से किस से शारीरिक वृद्धि का संबंध सिर्फ शरीर के अंग या उसके वजन को बढ़ने से या उसके अंगों के लंबाई हो गया मोटाई हो गया आकार प्रकार को बढ़ने से और विकास से किस संबंधित है मन बुद्धि मुण। बुद्धि संस्कार संस्कार, संस्कार संस्कार में क्या किया जाएगा समाज सामाजिकता नैतिकता ने, और संदेगा, संदेगा, या भावनात्मक जो क्षेत्र उसके साथ साथ शरीर अगर शरीर का विकास कि शरीर का विकास और शरीर की स्थिति में क्या अंतर है शरीर एक उदाहरण शरी समझाइए कान की वृद्धि होगी कान इतना बड़ा हो गया इतना बड़ा हो गया इतना का कान होता है लेकिन कोई लाउड स्पीकर से भी बोल रहे तो सुनाए नहीं कान की वृद्धि तो है लेकिन कान का विकास नहीं कर… कान में क्या नहीं आई परिपक्वता नहीं आई वेरी गुड परिपक्वता नहीं आई परिपक्वता आती तब कहते विकास सिर्फ बढ़ गया तो हो गया वृद्धि की क्षमता हाँ जो कान का कार्य है वो कार्य करना कर रहा है जितनी दूरी से हमें जितनी ऊँची हवा सुनाई देनी चाहिए सुनाई दे रही है तो मेरे कानों में वृद्धि भी हुई है और परिपक्वता तो ये तो अब हम लोग एक वाइज समझने का प्रयास करते हैं कि अभिवृद्धि और विकास क्या है और इनमें का क्या जब अगर अभिवृद्धि की बात करते हैं और उसके स्वरूप की बात करते हैं तो अभिवृद्धि का स्वरूप क्या है भाग है।, भाग है, कि है।, है।, है क्या स्वरूप है अभिवृद्धि हाँ। कि वाय हमको याद करने से नहीं होगा समझना होगा कि वाय क्यों वृद्धि के स्वरूप को आंतरिक महसूस कर वाए, वाए, वाए, वाए, वाए। सकते जी, हैं उसको नाप सकते हैं बाहरी है जिससे मेरा शरीर लंबाई बढ़ रहा है वजन बढ़ रहा है हम देख रहे हैं न वाय स्वरूप लेकिन आंतरिक नहीं होगा आंतरिक कैसे होगा अब मेरा पैर तो लंबा दिख रहा है लेकिन हम इसे अच्छा काम कर पा रहे हैं कि चल ठीक से पा रहे हैं दौड़ ठीक से नहीं पा रहे हैं ये आप जब चलिए चलिए ठीक है, ना? हां? है ना? ना तो इसका स्वरूप क्या है आंतरिक आंतरिक सामाजिक है कि नहीं है इसको कोई इंच इंचा से आप नाप नहीं सकते आपके अंदर नैतिकता है कि नहीं इसको आप वजन करके नहीं नाप सकते कैसे नापिएगा व्यवहार व्यवहार तो उसका आंतरिक स्वरूप है अंदर स्वरूप तो क्या है आंतरिक है उसको आप हम देख नहीं सकते हैं उसको छू नहीं सकते लेकिन हम अभिवृद्धि का स्वरूप बाय वो दिखता है दूसरी बात आते हैं कि कब तक होता है अभिवृद्धि क्या है कि एक निश्चित समय का लड़कों का मारा था अठारह बरस तक बढ़ते हैं लड़कियाँ कुछ एक उम्र तक बढ़ती हैं उसके बाद उसकी नफाई रुक जाती है ऐसा तो नहीं होता पेड़ पौधों में होता है कि हमेशा वो बढ़ते रहते हैं लेकिन वो भी एक निश्चित समय के बाद वो भी जाते हैं तो ये इसका निश्चित समय तक अरे हमसे हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था वहाँ पे नैतिक विकास होते रहता है सामाजिक विकास होते रहता है संवेगात्मक विकास भी होता है जो व्यक्ति बात बात में चिड़छिड़ आ जाता है लेकिन वो उम्र के साथ साथ धीरे धीरे वो जीवन तो चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों से? विकास। में आते है लेकिन प्रक्रिया है? बाढ़ समझने की बात है विकास का स्वरूप तो आंतरिक है लेकिन प्रक्रिया वाहन लेकिन उल्टा अभिवृद्धि का स्वरूप तो वायु है लेकिन प्रक्रिया आंतरिक है, क्यों? इसको समझने है। की की बात करें। तो ऐसा बात नहीं है कि आपों के साथ आपको रहने का मौका दे दिया लंबा हो ऐसा तो अंदर आपका जील में जो है जितना लंबा होना है वो इसलिए कहता है की अभिवृद्धि क्या है लेकिन समाधि की बात करें नैतिक की बात करें तो अगर आप चोर लोगों के संग में हैं तो आप चोरी करना सीख जाइएगा कर। साधु संत अच्छे लोगों विद्वान लोगों के साथ हैं तो आप अनपढ़ होते हुए अंग्रेजी बोलना सीख जाइएगा शुद्ध हिंदी बोलना सीख जाइएगा, ठीक है इसीलिए कहा जाता है कि प्रक्रिया बाएँ का है विकास बाहर की चीज़ें अफेक्ट करती हैं उसको आपके विकास को लेकिन अभिवृद्धि बाएँ बहुत कम असर कर मंत्री है है।, है, है, तो है है उससे है है तो क्या, क्या हैं और ये है संकीर्ण क्यों कहा संकीर्ण मतलब ये इसका दायरा बहुत कम है की हम ठीक है हम लंबा आदमी चाहते हैं जवान हमको को भर्ती करना है लंबा लंबा लेकिन उसमें क्षमता वो है कि नहीं उसका शरीर की परिपक्वता आई है कि नहीं वो सब जब समग्र रूप में देखते हैं तो व्यापकता है और उसमें अब इसमें क्या है संकीर्णन ठीक है ना बहुत कम क्षेत्र को बताता है अगर शरीर की बात करें तो सिर्फ ये बताता है कि आप लंबा है कि नहीं और वजन आपका ठीक ठाक है कि नहीं लेकिन ये क्या करता है कि लंबा और वजन होने के साथ साथ आपको जो काम करना है वो करने के सक्षम आप हैं कि व्यापक और ये एक ऐसी प्रक्रिया है स्वाभाविक प्रक्रिया क्यों स्वाभाविक है एक बच्चा जन्म लेता है उसके जीन में जितना लंबा होना है जितना वजन होना है थोड़ा असर पड़ता है खान पान का हम नहीं कहेंगे लेकिन बहुत कम असर पड़ता है स्वाभाविक रूप से हर बच्चा एक निश्चित समय के बाद रेंगता है कि धीरे धीरे गड़खड़ा के खड़ा होता है उसके बाद चलने में स्वाभाविक रूप से होता है उसको कोई करता नहीं है उसके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता नहीं है न के लिए वो अच्छा बच्चे को चलाना सिखाने के लिए बच्चे को बोलना सिखाने के लिए बच्चे को दौड़ना सिखाने के लिए या बच्चे को लंबा होने के लिए कोई स्कूल में भर्ती नहीं कराना पड़ता है कराना पड़ता है नहीं इसलिए स्वाभाविक प्रक्रिया ये स्वतः तो अपने समाज पर यह होने लगता है लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है वो जटिल है समाज में रहना होगा समाज के नियमों को उसको स्कूल में भर्ती करना होगा किसी संस्था में डालना होगा है ना इसलिए इसको क्या लगता है कि जगह अपने आप होते? नहीं है। अगली बात है कि अत्यूष्टि क्या है दिखाई देता है पहले ही बात करते थे कि दिखाई देता है और मापन लोग हैं इसको हम भाँप सकते हैं नो भजन को बांप सकते हैं लेकिन ये जो विकास की प्रक्रिया है इस इन पिता स्केल या फिर बटखारे से मार नहीं सकते हैं इसको कैसे पता चलेगा आप व्यवहार एक आदमी बैठा हुआ है चुपचाप आप नहीं कह सकते हैं कि सामाजिक है कि असामाजिक जब उसके साथ दो चार आप रहिएगा बातचीत कीजिएगा तब पता चलेगा कि इसका सामाजिक विकास या नैतिकता का पता चलेगा आज बड़े बड़े साधु लोग बैठे हुए हैं बाबा बसुन भोले या मौलाना लोग हैं लगता है कि बहुत नैतिक आदमी हैं हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन जब उनका अंदर की बात निकल के आता है तब पता चलता है कि नैतिकता के तो क्षेत्र में तो हमसे भी ये बहुत तो इसको आप माफ नहीं सकते इसको क्या होता है उनके व्यवहार के आधार कैसा वो व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ उससे पता चलता है उसके बाद अगर अभिवृद्धि की बात करें इसमें परिवर्तन होता है कैसा परिवर्तन होता है सभी जानते कि जितने भी सजीव प्राणी हैं वो क्या क्या जैसे बने हुए हैं उनका शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं को कोशिकाएं बढ़ती हैं जब मां के गर्भ में जाता है भ्रूण तो दो कोशिकाएं अंडाणु और शुरानाणु मिलकर के एक नई कोशिका बनती है अब वो कोशिका एक से दो दो से चार चार से इस तरह से बढ़ते जाती है और शरीर में भ्रूण भ्रूण के बाद गर्भ गर्भ के बाद नवजात शिशु शिशु से बालक उसके बाद किशोर अवस्था में बच्चे आते हैं अवस्था अवस्था आते हैं है तो क्या क्यों कोशिकाओं में वृद्धि आकार में परिवर्तन के लेकिन विकास कैसे होता है ये सभी क्षेत्रों में हाँ सभी क्षेत्रों में परिपक्वता दिखाना है परिपक्वता किसको बोलेंगे एक बार फिर से बताइए सब चीज में क्या है में वृद्धि क्या कैसा परिवर्तन, परिवर्तन, है? परिवर्तन, है? परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन है दो शब्द लिखा गया था संतुलित और सकारात्मक परिवर्तन है कैसा परिवर्तन अगर अगर सभी क्षेत्रों में बच्चों की शारीरिक मानसिक बौद्धिक और जो संस्कार है जिसमें है, सामाजिकता है उन सबों में संतुलित तो और सकारात्मक परिवर्तन सिर्फ कोशिकाओं का परिवर्तन वहां? नहीं हो रहा है सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है अर्थात उसमें क्या आ रहा है परिपक्वता तो यही कहता है सभी क्षेत्रों में परिपक्वता अगर है तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग और ये परिपक्वता किसमें आता है उसके सामर्थ्य में और व्यवहार में कैसा परिवर्तन सामर्थ्य सामर्थ मतलब उसके शारीरिक शरीर से हो जाता है सामर्थ्य है कितना काम कर सकती हैं और व्यवहार जो है जो आप अपने बोल से अपने बातचीत से एक दूसरे से संबंधों में जो आप अपने आप को प्रकट करते हैं वो क्या हो गया आपका व्यवहार और सामर्थ्य हो गया कि आप कितना कठिन से कर सकते, कर सकते हैं ठीक है न तो ये इसमें अगर परिपक्वता है आपके सामर्थ और व्यवहार में परिपक्वता है तो क्या है आपका विकास है वृद्धि तो क्या है वो सिर्फ देखता है कि उसकी पोशिकाओं में वृद्धि और कितने बढ़ रहे हैं पोषक तो, है। तो हम समझते हैं क्या आज हम लोगों ने बाल विकास को जाना वृद्धि और विकास में अंतर को जाना और परिपक्वता क्या होता है इसको जान ठीक है अगले दिन हम लोग जानेंगे बाल विकास एवं शिक्षा सा तो हमने पहले दिन बच्चों को जाना बच्चे क्या हैं बच्चे क्या हैं किसके समान है बीज के समान है जिनमें मन बुद्धि और संस्कार होता है और शरीर तो है शरीर तो जानते हैं, है शरीर तो सब देख रहा है हम ये सिर्फ शरीर नहीं है बल्कि शरीर के अंदर ऊर्जा है जो कि इस शरीर को चलाता है जैसे ऊर्जा बिजली के पंखे को फ्रिज को वॉशिंग मशीन को हीटर को चलाता है जिस मशीन में लगाती है उस तरह का काम चल उसी तरह ये ऊर्जा है एक बच्चे के शरीर में ऊर्जा है तो बच्चे की तरफ व्यवहार करना है वो बड़ा जब शरीर पर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो बड़े ऊर्जा वही वही है छोटा बच्चा समझ के हमें तो आ, उसको आप छोटा बच्चा नहीं समझिए आपके समान ही उसमें कैसी है चैतन्य ऊर्जा है चैतन्य आपके समान में बोल नहीं पा रहा है आपके समान काम नहीं कर रहा है क्योंकि तो उसका मशीन जो है बेचारा का छोटा है उसी ऊर्जा को आप डाल दिए छोटा सा फ्रिज में तो कम ठंडा कर रहा बड़ा सा डाल दिएगा उसका ऊर्जा वही तो चैतन्य बीज वही है उसी के अंदर क्या है नैतिकता है संदेह है सामाजिकता है तो किसके अंदर है वो चैतन्य बीज और जो हमारा शरीर है उसमें क्या है हमारा सारे अंतरिक परिवार अंतर जब हम विकास की बात करेंगे तो इसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगे हमारे शरीर की का विकास और वो तो चैतन्य ऊर्जा जो अंदर में है उसका विकास जब ये जो संतुलित रूप से और ये सकारात्मक रूप से जब उसमें परिवर्तन होगा तब जाएंगे उसमें परिपक्वता आ जाएगी और तब जाएंगे जो बच्चों शिक्षक के रूप में, में न सिर्फ एक नतीजे ना न ना सिर्फ उसके बौद्धिक विकास पर ध्यान अभी हम लोग क्या करते हैं ज्यादा ज्यादा बौद्धिक विकास पर गणित पढ़ाओ विज्ञान पढ़ाओ समाज पढ़ाओ हिस्ट्री पढ़ाओ संस्कृत पढ़ाओ इस पर बहुत जोर है तो बच्चों का क्या हो रहा है विकास बुद्धि का विकास हो रहा है शारीरिक विकास के लिए आजकल सरकार चला रही है मध्यान्ह भोजन है पूरा पोषण आहार है, ताकि उसके शरीर का भी संतुलित विकास हो लेकिन बाकी चीज़ें छूट रही है उसकी सामाजिक विकास उसका नैतिक विकास उसका संवेगात्मक विकास छोटे छोटे-छोटे बातों में क्या चल रहे हैं बच्चे घर छोड़ भाग जा रहे हैं आत्महत्या तक कर ले रहे हैं क्योंकि उस पर बहुत कम ध्यान तो बाल विकास संतुलित रूप से तो हमें उस पर ध्यान इसीलिए आप लोग कोर्स भी इन चीज़ों को डाला और उसकी जांच होती है कि ये शिक्षक बनने जा रहे हैं तो इनमें योग्यता है बच्चों को किस रूप में देखते हैं बाल विकास को किस रूप में देखते हैं ये जानने के लिए इससे संबंधित प्रश्न हम आप प्रश्न करें इसमें हजारों प्रश्न बन सकता आपको अगर हम सौ ठो प्रश्न बता दें तो हो सकता है सौ में से एक भी नहीं आएगा परीक्षा में लेकिन आप तीन चीजों को बढ़िया से समझ लीजिएगा तो हजार प्रश्न भी करेगा तो आप उसका उत्तर तो मेरा फोकस इस पर होता है सौ ठो प्रश्न बता देने पर हालांकि मेरे पास प्रश्न भी बना हुआ है। है आपको तो सप्ताह में एक बार दिया जाएगा आप आप के घर से लाइएगा उसमें देखेंगे कि कहां कहां सही समझ, एक एक समझ एक रहा है। तो फिर से एक बार ये तो आज इस तीसरी कड़ी की समाप्ति पर हमने जाना कि बच्चों के शारीरिक मानसिक बौद्धिक सामाजिक नैतिक तथा संवेगात्मक आदि क्षेत्रों में परिपक्वता अर्थात इन सभी क्षेत्रों में सकारात्मक तथा संतुलित परिवर्तन ही बाल विकास है साथ साथ हमने बाल विकास और साथ ही साथ हमने विकास और अभिवृद्धि में अंतर को भी विस्तार से समझा अब इसकी अगली कड़ी में हम जानेंगे कि बाल विकास के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और बाल विकास का आधार क्या है अर्थात बाल विकास के नियम क्या हैं धन्यवाद तीसरी कड़ी के अंतर्गत बाल विकास का दूसरा भाग समाप्त हुआ अगले भाग में हम जानेंगे बाल विकास में होने वाले परिवर्तन और इसके कुछ खास नियमों को जुड़े रहिए टीचि क्लास के साथ ताकि सीखना रहे।